नमोता कहाँ से आ रहे हैं आप? क्या हुआ यहाँ पे तीन लोग आए बाइक से हमको दिए। अच्छा लिए थे। हाँ हा। सारा सामान मोबाइल अच्छा का सारा सामान। मार मार्केट स... कितने का नुकसान हुआ लगभग सर में गन मार कितने तो का सामान रहा होगा आपका करीब आठ दस लाख दस लाख तक तो रुपए ठीक है सोनू सेठ नाम बताया सोनू सेठ दुकान का नाम बात कहाँ पे दुकान है आपकी जयरामपुर चौराहे हाँ कहाँ हुआ कहाँ घर है, कहां रहा है? अच्छा। क्या घटना घटी आपके साथ छिनाई अच्छा समय कितने बजे कहाँ पर जा रहे थे आप कैसे उठे छिने परियत से जा रहा कहाँ है आपके दुकान जयरामपुर किस नाम से है राज ज्वेलर आप ज्वेलरी का काम करते हैं क्या क्या आपके साथ घटना छिनेती में घटी? सामान क्या क्या था आपके साथ सामान पायल मीना हाँ दुकान का जो सामान होता है रेगुलर अच्छा लगभग कितने का सामान था कई दो लाख अच्छा आप परियत से कितने बजे चले थे? वही बारह बजे ज़्यादा टाइम नहीं लगता पाँच दस आपको रात का बजे के आस सामान सोने का साथ चांदी का चांदी के साथ सोने का क्या सोने का सामान क्या था सोने का केल था अच्छा, कील, केल ही था। अच्छा चांदी में सारे सामान चांदी के थे। अच्छा। तो पीछे से आए आपके बाइक से टक्कर हाँ। मार दी हाँ। सिर में कैसे चोट लगी वो गन के मुठी से। क्या वही से पीछे नहीं दुकान से घर से जा रहे थे दुकान घर से जा रहे थे आपके बाइक में लगभग कितने का सामान था कितने रूपये का सामान वही करीब होगा डेढ़ दो लाख दो लाख रूपये का डेढ़ दो का लाख बता रहा भी है। आज थाना बरसठी के अंतर्गत ये जहाँ हम लोग खड़े हैं यही बगल में ये गांव परियत है परियत के रहने वाले सत्यम सेठ हैं जो छोटा मोटा ज्वेलरी का काम करते हैं उनकी दुकान ही युमरिया में है जब ये आज लगभग बारह बजे अपने गांव परियत से आ रहे थे और अपने दुकान पर जा रहे थे युरिया में उसी दौरान जैसे ही लगभग अपने गांव से परियल से तीन किलोमीटर ही आगे बढ़े होंगे ये पक्की सड़क है वहीं पर इनको दो मोटरसाइकिलों से ओवरटेक किया गया जिस पर एक मोटरसाइकिल पे दो लोग थे एक पर एक व्यक्ति था और इन्होंने ओवरटेक करके इनको किसी नुकीले चीज़ से इनके सर पे चोट आई है वो किसी तमंछे के मुठिया भी हो सकती है या नहीं कोई सामान भी हो सकता है और इसके बाद इनके डिग्गी में एक छोटे से बैग में कुछ चांदी के जेवर थे और कुछ थोड़े बहुत उसमें सोने के कुछ कीले वीले भी थी इसको उन लोगों ने उसमें ले लिया और लेकर के वो भाग गए कितना रहा और ये जब इनसे पूछताछ की गई पहले तो इन्होंने कई तरह के सूचनाएं दी लेकिन अभी जो पूरे होश आवाज में नॉर्मल होकर इन्होंने जब अपनी पूरे सामान की सूची बताई है उसमें पायल लगभग इनके चांदी के बीस थे जो लगभग बीस हज़ार के हैं बिछिया और मीना दस की संख्या में पाँच हज़ार के और चांदी का चैन सात इन्होंने बताया है साढ़े तीन हज़ार रुपये के हील जो चांदी की थी वो पंद्रह थी वो पंद्रह हज़ार रुपये के और नथिया पांच थी वो पाँच हज़ार रुपये के ये कुल मिलाकर के करीब पचास के अंदर के ही ये सामान है जो मार्केट रेट है यहाँ का ये सामान इनके गए हैं और तहरीर अभी ये दे रहे हैं और अब इसमें अभियोग पंजीकृत करके हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं इसमें इसको वर्कआउट करने के लिए जो स्वाट सर्विलांस और लोकल थाने और हम लोग कई टीमें इसमें लगा दिए हैं करीब तीन चार टीमें हमारी चार टीमें इसमें काम कर रही हैं सर्विलांस पर भी काम चल रहा है हम जल्दी ही इसको पता लगा लेंगे और जो इसके वास्तविक सही अपराधी हैं उनको हम लोग अपने कब्जे में करेंगे एक वायरल हो रहा है वीडियो जिसमें आठ से दस लाख का आभूषण पीड़ित द्वारा बताया है पीड़ित स्वयं ही इस बात का खंडन कर चुका है कि उसने पहले आठ से दस लाख रुपए बताए फिर उसने एक से डेढ़ लाख रुपए बताए अब जो उसने पूरा असेसमेंट करके पूरा गिनती करके एक एक जेवर के नगों की गिनती करके उन्होंने अपनी फाइनल जो बताई है फाइंडिंग वो लगभग अड़तालीस उनचास हज़ार की है इसको हम हायर साइड में पचास हजार के आसपास मान सकते हैं आ, ये इनका सामान गया है क्योंकि तो छोटी सी दुकान है और मेनली ये चांदी का ही एक छोटा सा